असलमकुम मेरे प्यारे दोस्तों आप सब लोग कैसे है मैं दुआ करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया रहेंगे न्यू का वीडियो में आप लोगों का सभी का स्वागत है तो फास्ट मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके से सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना सबसे फास्ट वीडियो पाने के लिए तो एक वीडियो जो है आप लोगों को दिया गया था यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू मेक ए शॉर्टकट तो शॉर्टकट जो है एप्लीकेशन के अंदर कैसे डाल सकते हैं ये दिया गया था और उसी को हमने अपडेट कर दिया है बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे देख सकते है जो हैं है, जो एप्लीकेशन है जोर से क्लिक करने के बाद यहाँ पे शॉर्टकाट आ रहा है फर्स्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे अगर यूट्यूब का लिंक अगर दे देते हो तो यहाँ से डायरेक्टली यूट्यूब जो है ओपन होके चला आएगा आप किसी भी तरीके से लिंक को ओपन करवा सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा यूट्यूब है यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद ये जो आते हैं सर्च वाले बटन पर क्लिक करने के बाद ये जो सर्च आ रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट वाले बटन के अंदर क्लिक करने से शॉर्ट आ रहा है तो आपने शायद ही देखा है नोटिस किया है अगर आप एक्टिविटी पे जाना चाहते हैं तो इधर एक्टिविटी पे भी आ जाएगा तो ये जो है प्रोसेस हम दिखाएंगे आप लोगों को सिखाएंगे अगर देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है फर्स्ट में आप लोगों को जो एप्लीकेशन है अप्लीकेशन के अंदर जाना है तो हमने अप्लीकेशन के अंदर आ गया है फर्स्ट में अगर ब्लॉक को इम्पोर्ट नहीं किया तो इम्पोर्ट कर लेना है फास्ट में आप लोग को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे आप लोग को डेवलपर टूल वाले ऑप्शन पर जाना है ब्लॉक मैनेजर वाले ऑप्शन पर जाना है सबसे लास्ट में इस कर लेना है इसी टाइप से एन स्कॉल करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपको जो नेम है डालना है तो हम यहां पे डालेंगे न्यू शॉर्टकाट शॉर्टकाट तो यहां पर हमने दे दिया है न्यू शॉर्टकाट इस तरीके से एक जो कलर है कलर सिलेक्ट कर लेना है एंड यहां से सेव से कर देना है नीचे आपको आ जाएगा न्यू शॉर्टकाट और यहाँ से आप लोग को क्या करना है इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पे इम्पोर्ट कर देना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाना है आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है हमारा जो है ब्लॉक को एंड यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है ऑल पर सिलेक्ट कर देना है इसी टाइप से तो ये इम्पोर्ट हो जाएगा इम्पोर्ट होने के बाद आप लोगों को बैक कर देना है इसी टाइप से एंड हमने बैक कर दिया है आप अपना जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट के अंदर जाना है यहाँ से आप लोग को वन क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाना है आप जिस भी एक्टिवि एक्टिविटी के अंदर बनाना चाहते हैं सबसे लास्ट में जाना है न्यू शॉर्टकट पर आना है ये जो इंस्टलेजिंग है यहाँ पर लगा देना है शायद देखा है एंड अगर आप चाहते हैं कि ये जो है शॉर्टकट यू आर से हो तो ए लगाना है अगर आप व्यू से शॉर्टकट लेना चाहते हो तो ये वाला लगाना है और लास्ट में तीन नंबर जो आप तो लोगों को दिख रहा है शायद ही इसको लगा लेना है तो हमने सबको लगा लिया है फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है वेरिएबल का जो नेम है वो डालना है जैसे कि हमने ए डाला है सेकेंड में हमें क्या बी डालेंगे इस टाइप से अगर और भी है तो आप डाल सकते हैं क्वान्टस अगर आपका ये मेन एक्टिविटी है तो मेन एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेना है हमारा मेन एक्टिविटी है तो हम मेन एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे हमारा जो ये आइटम है फर्स्ट एक नंबर का आइटम है सेकेंड हमारा दो नंबर का आइटम है और भी अगर लगाना चाहते हो तो दो तीन चार पाँच करना है तो